हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी डीप इंफॉर्मेशन वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि प्लांट चलाने से पहले दोस्तों हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है सबसे पहले दोस्तों हमको अपनी पीएलसी ऑन करने के बाद टेयर मारने से पहले दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपना सीमेंट ऑपर जरूर झड़वा लेना है क्योंकि सीमेंट दोस्तों सीमेंट ऑपर पर हमेशा चिपकती रहती है तो आप विशेष ध्यान रखें ऊपर झड़वा लें और दूसरी चीज़ दोस्तों आपको क्या करना है क्योंकि गर्मियों का टाइम है दोस्तों गर्मी के टाइम में दोस्तों आप जानते हैं कि मॉइस्चर ज़्यादा बन जाता है कंप्रेसर में तो आपको विशेष ध्यान रखना है गर्मियों में कि आप अपने कंप्रेसर को डिस्चार्ज करते रहें क्योंकि उसमें पानी हो जाता है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका दोस्तों फ़ायदा यह है कि अगर आपका कंप्रेसर डेली प्लांट चलता है आपका तो आप गर्मियों में इसे हर पहले दिन दूसरे दिन खोलते रहें इससे दोस्तों बहुत फ़ायदा है फ़ायदा यह है कि जो हमारा मौसर से बना हुआ पानी वो यूनिट ऑफ में ना जाए सिलोनाइड वाल्व में ना जाए दोस्तों विशेष इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है गर्मियों में खासकर कि हमारे जो सिलोनाइड वाल्व लगे हैं उनकी सेफ्टी हो सके तो आपको विशेषतर दोस्तों दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी प्लांट ऑन करने से पहले तीसरा दोस्तों हमारे जो टाइटेनिक टाइप प्लांट तो आप देख सकते हैं कि बेल्ट इस तरीके से है इसकी आपको विशेष दोस्तों इसमें जो लगे हुए पिछले रोलर उन पर ध्यान देना है देना तो आपको दोस्तों पूरे ही रोलरों पे है ध्यान लेकिन खासकर आप पिछले रोलरों पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि हमारा सारा जो वेट पड़ता है दोस्तों मैटेल का वो सब पिछली तरफ ही पड़ता है तो जोर दोस्तों पिछले रोलर रो पे ज़्यादा होता है अब ज़्यादा होगा तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अगर ज़्यादा लोड पीछे रहेगा तो वो चीज़ ज़्यादा दब के चलेगी तो उनके दोस्तों खराब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं मेरे इस प्लांट में अभी दोस्तों दोनों पूरे खत्म हो गए थे घिस गए थे मैंने दोनों बदले आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड के दोनों बदले तो आप दोस्तों विशेषकर ध्यान रखें कि चलाने से पहले आप रोलोरों पर ऑयल कुप्पी से ऑयल जरूर डाल दें चौथा दोस्तों आपको क्या करना है चौथा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों तो आप देख सकते हैं दोस्तों पीछे बेल्ट की तरफ का एरिया मेरे इधर स्पेस नहीं है आपको क्या करना है अगर आपके पास स्पेस है तो आप कम से कम एक डेढ़ दो तो फिट का खड्डा पीछे मार दें ताकि जब आपकी कन्वेयर बेल्ट चले तो उससे जो भी मटेरियल पीछे की हो रहा है वो तो उस खड्डे में चले जाए बाद में दोस्तों जब आपका प्लांट बंद हो आप उस दौरान दोस्तों सफाई कर पा तो डेली आपका रूटीन दोस्तों ये आपको चेक करना ही करना है कि कन्वेयर के नीचे मटेरियल ना या आप चलाते समय ध्यान नहीं देंगे तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो इन चीज़ें पर दोस्तों विशेष आपको ध्यान रखना है अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी एक बार देख ले अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और दोस्तों चैनलों को सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब करने से दोस्तों आप तक मेरी हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाएगी और कभी ना कभी दोस्तों आपके साथ जो प्रॉब्लम होने वाली है उसका आपको पहले से पता होगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में